हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल ऑफ नैक्टर्स मरिजर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की स्पेशली बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें और वो भी आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ऑप्शन बाइंग की बात करने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग की बात नहीं करने वाले हैं उसका रीजन क्या है फ्रेंड्स ऑप्शन बाइंग मैक्सिमम लोग करते हैं क्योंकि ऑप्शन बाइंग के लिए अमाउंट कम लगता है बट ऑप्शन सेलिंग के लिए ह्यूज अमाउंट लगता है इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेस्टेड रहते हैं ऑप्शन ऑप्शन बाइंग बाइंग में। में फ्रेंड्स पैसा भी कम लोग बनाते हैं लेकिन ऑप्शन बाइंग में लोग बिल्कुल जो लोग नए लोग, लोग आते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो लोग बाइंग के लिए ही पहले अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनको मालूम है, है तो पांच हजार दस हजार बीस हजार में भी इजिली किया जा सकता है बट आपको अगर ऑफ्सन सेलिंग करना है तो वन लॉट के लिए भी डेढ़ लाख रुपए चाहिए इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग हैं बट आप में फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्या होता है प्रीमियम बहुत तेजी से घुलता है अगर आपने जहां से ड्रेट लिया है वहां से मोमेंटम नहीं हुआ तो, तो आप सब बाइंग अगर करना है फ्रेंड्स तो अपने को मोमेंटम कैच करना आना चाहिए अगर हम मोमेंटम कैच कर पाए देन फ्रेंड्स आप सब सेलिंग से ज्यादा अच्छा पैसा हम आपसन बाइंग में आसानी से बना सकते हैं तो आज की इस वीडियो में ऐसे स्ट्रेटी की बात करने वाला हूँ कि आप क्या देखना है जब हम स्पेशली बैंक निफ्टी में आपसन बाइंग करना चाहते हैं चाहे कॉल बाई करें चाहे गुड बाई करें तो हमको क्या देखना है जहां से हमारा एकुरेशी लेवल बढ़ जाएगा अभी हम करते हैं लिए मत अगर आपका 60%, 70 भी है, तो भी फ्रेंड्स ठीक है आप अगर लॉस छोटा लेते हो प्रोफिट बड़ा लेते हो तो फ्रेंड्स एक सिक्सटी परसेंट फाइव परसेंट भी है तो भी चलेगा तो भी मार्केट में सस्टेन किया जा सकता है तो भी मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है तो आज की जो स्ट्रेटी है friends, उसके बेस पर अगर आपको प्रॉपर कन्फर्मेशन मिल जाए देन एक अच्छा रिवार्ड आपको लेकिन अगर बैंक निफ्टी के चार्ट के अलावा भी फ्रेंड्स हमको अदर कन्फर्मेशन मिल जाता है आज का वीडियो में स्टार्ट करूंगा मैं आपका दोस्त आरपी सिंह बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर डाले हुए हैं बैंक निफ्टी से रिलेटेड स्पेशली बैंक निफ्टी वेटेज कैलकुलशन जो मेरे चैनल का सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग वीडियो रहा है जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है मैं उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ उसमें आप लोगों के कुछ कामन कमेंट्स थे उसमें से एक कमेंट्स ऐसा है जो कामन कमेंट्स था उसका मैं रिप्लाई भी इसी वीडियो पे कर दूंगा तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं और उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट अगर चैनल पे नए हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड बेलाइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए फ्रेंड्स बहुत सारे लोग हैं जो सब्सक्राइबर हैं वो बोलते हैं कि सर आप वीडियो पोस्ट कर देते हो मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता है अब फ्रेंड्स नोटिफिकेशन नहीं मिलता वो मेरे हाथ में नहीं है एक बार आप अनसब्सक्राइब कीजिए फिर से सब्सक्राइब कीजिए देन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए आप ऐसा करके एक बार देख लीजिए ये यूट्यूब का एल्बोरिथम है फ्रेंड्स वो कैसे काम करता है नहीं मालूम मुझे बट हमारा काम है फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ना कुछ बेस्ट नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड करना वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता रहूँगा तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं तो ये है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का चार्ट फाइव मिनट्स का इसके बारे में डिस्कशन करूंगा उसके पहले जस्ट मैं बता दूं जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था यहाँ पे ये दो वीडियोस है एक और थर्ड वीडियो भी है जो इन दोनों के पहले डाला हुआ था यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो वीडियो है बैंक निफ्टी वेटेज कैलकुलेशन हाउ टू नो बैंक निफ्टी ट्रेन इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया मोर देन वन लैख लोगों ने यहाँ पर व्यूज़ किया नाइन्टी लाइक हैं जो कि फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत पसंद किया यहीं पे 180 कमेंट्स भी हैं तो इसमें कुछ कामन कमेंट्स हैं उसमें एक कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करना चाहूंगा क्योंकि वो मैंट कैलकुलेशन है और वो आप लोगों को तुरंत क्लिक करना चाहिए बट पता नहीं कैसे वो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ पहले उसके बाद हम लोग आज के स्ट्रेटी पे बात करेंगे यहाँ पे बैंक इफ्टिहार और बेटे कैलकुलेसन का सीट है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ बहुत सारे लोग ऐसे है जिन लोगों ने डिमांड किया उनके साथ मैंने शेयर कर दिया हुआ है बहुत सारे लोगों ने क्या किया है सेल्फ से क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे मैंने जो वीडियो डाला था जब इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया देन फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मैंने डाला था जिसमें मैंने पार्ट थ्री में टोटल कैलकुलेशन बताया था टोटल कैलकुलेसन में क्या था कि आप अपने आप से इस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक एक फार्मूला बताया था मैंने कि कौन कौन सा फार्मूला लगा हुआ है कुछ लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश की जहाँ पे डिफिकल्टीज आई उन्होंने मुझे मैसेज किया फ्रेंड्स मैसेज से भी मैंने उनको क्लियर कर दिया तो बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ से क्रिएट कर चुके हैं जो लोग क्रिएट नहीं कर पाए फ्रेंड्स वो लोग पार्ट थ्री इसका देख लीजिए इसका लिंक भी इन दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आप इसको ईजिली क्रिएट कर सकते हो बहुत काम की चीज़ है फ्रेंड्स बहुत काम की चीज़ है फ्रेंड्स अगर आप बैंक निफ्टी में स्पेशली ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो अभी यह क्या है फ्रेंड्स आप लोगों का क्वेश्चन क्या था बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर एच बैंक का वेटेज अगर 25% है 26% है अभी जो रिसेंटली है फ्रेंड्स वो 26.3% है इसका रिबैलेंसिंग हुआ है थर्टी नवंबर को थर्टी नवंबर को रिबैलेंसिंग हुआ है जहां पे इसका वेटेज चेंज हुआ है एवरी सिक्स मंथ में फ्रेंड्स ये वेटेज चेंज होता है बहुत मेजर चेंजेस नहीं होता है माइनर चेंजेस भी होता है यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन क्या था कि जब एच बैंक वन पॉइंट अगर बढ़ रहा है तो बैंक निफ़्टी सेवन पॉइंट बढ़ेगा वहीं पे दूसरा बैंक एस अगर एट परसेंट बढ़ रहा है तो बैंक निफ़्टी सेवन पॉइंट एट परसेंट बढ़ रहा है मिस एच बैंक का वेटेज ज्यादा है ट्वेंटी है एस का वेटेज कम है एलेवन है उसके बावजूद एस के एक पॉइंट बढ़ने से बैंक निफ्टी सेवन पॉइंट बढ़ रहा है और जबकि एच डी एफ सी बैंक के एक पॉइंट बढ़ने से ये केवल सेवन पॉइंट बढ़ रहा है ऐसा क्यों मतलब लोगों का डाउट क्या है एस बी आई का वेटेज कम है उसके बावजूद उसके एक पॉइंट बढ़ने से बैंक निफ्टी में जो बढ़ने वाले पॉइंट्स हैं वो ज्यादा हैं जबकि एच डी एफ सी बैंक का वेटेज ज्यादा है एच के एक पॉइंट बढ़ने से बढ़ने वाले प्वाइंट्स कम हैं ऐसा क्यों तो फ्रेंड्स ये सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेसन है और आप लोगों को आसानी से समझ में आना चाहिए एस बी आई का जो वैल्यू है एस बी आई का जो प्राइस है वो एच डी एफ सी बैंक से कम है अभी यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ एस बी आई अगर friends, अगर बात करो तो एस बी आई पॉइंट परसेंट इंक्रीज हुआ अगर एस बी आई वन पॉइंट इंक्रीज होता है तो परसेंटेज वाइज वहीं पे अगर आप एच डी एफ सी बैंक की बात करोगे कि बैंक अगर आप दिखाता है, क्या होगा? होगा। आपको पता चल गया कि एस बी आई पॉइंट वन सिक्स परसेंट मूव कर रहा है जबकि एच डी एफ सी जीरो पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट मूव कर रहा है जब दोनों वन वन पॉइंट मूव करते हैं तो परसेंटेज वाइज ऑलवेज देखो तो परसेंटेज वाइज क्या है एस बी के कैलकुलेशन में लगभग ढाई गुना ज्यादा मूवमेंट कर रहा है जब दोनों वन वन पॉइंट मूव करते हैं टू सिक्सटी फाइव परसेंट मीन टू पॉइंट सिक्स फाइव टाइम्स ज्यादा एस मूव कर रहा है एस के कम्पेरिजन में जब दोनों एक एक पॉइंट बढ़ते हैं जब ये एस टू पॉइंट सिक्स टाइम्स ज्यादा मूव कर रहा है जब दोनों एक एक पॉइंट बढ़ते हैं तो श्योर है कि बैंक निफ्टी में इसका पार्टिसिपेशन एस बी का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो जाएगा इन कम्पेडेंट तो टू एच बैंक मीनस यहाँ पे आप पॉइंट वाइज नहीं परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करो कि परसेंटेज वाइज कौन कितना मूव कर रहा है परसेंटेज वाइज में अगर एच बैंक एक परसेंट मूव करता है एस बी मूव करता है देन श्योर है की एच बैंक का पार्टिसिपेशन ज्यादा है वेटेज ज्यादा है तो एच बैंक की वजह से बैंक निफ्टी ज्यादा मूव करेगा यहीं परसेंटेज वाइज भी दिया हुआ है कि पर परसेंट अगर एक परसेंट एच डी एफ सी बैंक मूव करता है एच डी करेगा सी की वजह से और वहीं पे अगर एस बी आई एक परसेंट मूव करता है देन बैंक फुर्ती फुर्ती आँग फुर्ती आँग फुर्ती करेगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपका डाउट क्लियर हुआ होगा अगर अभी भी क्लियर नहीं होता है देन फ्रेंड्स आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कॉल कर सकते हो मेरा नंबर है नाइन नाइन अगर आपको अभी भी डाउट रहता है देन फ्रेंड्स व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए इधर कॉल कर दीजिए मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा ये फ्रेंड्स हम तो लोग चलते हैं अपने आज की स्ट्रेटजी पे कि अपने को बैंक निफ्टी ऑप्शन में टेट कैसे करना है ये अगर वेटेज कैलकुलसन ये सब वॉच करने में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है देन दूसरा ईजी वे क्या है जहाँ से हम बैंक निफ्टी का मोमेंटम क्रैश कर सकते हैं उस टॉपिक पर भी हम लोग आज बात करेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये बैंक निफ्टी का फाइनल का चार्ट है अपने को करना क्या है बैंक निफ्टी के साथ साथ बैंकों के चार्ट को भी लगा लेना है फ्रेंड्स जैसे जैसे बैंक मूव करते हैं वो वैसे वैसे बैंक निफ्टी मूव करता है यहाँ पे हमने ऑलरेडी लगा के रखे हुए हैं ये फोर चार्ट लगा के रखे हुए हैं जिसमें से एच बैंक ये एच बैंक का चार्ट है एच बैंक आईसीआई बैंक एस बैंक एंड एक्सिस बैंक टॉप फोर बैंक जो है जिनका वेटेज ज्यादा है वो बैंकें मैंने यहाँ पे लगा के रखी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप फोर बैंक में एच बैंक आईसीआई बैंक एक्सेस एंड एस इसके अलावा फ्रेंड्स कोटक एंड इंडोफेंट बैंक पे भी आप बिल्कुल नजर रखो क्योंकि एस एंड कोटक के वेटेज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है यहाँ पे एस का वेटेज 11.03 एंड कोटक बैंक का टेन है तो फ्रेंड्स आप इंटरचेंज कर सकते हो एस एंड कोटक को कभी एस को कोटक के साथ चेंज कर दिया कभी कोटक को एक्सिस बैंक के साथ चेंज कर दिया जो मैं सेंड बताने जा रहा हूँ उस मैं कट्टी भी दिखाऊंगा कि अपने को करना क्या है तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये बैंक निफ्टी का फाइव मिनट का चार्ट है अभी रिसेंटली जो सेकेंड दिसंबर का मोमेंट है फ्रेंड्स ये सेकेंड दिसंबर का मोमेंट है लास्ट फ्राइडे लास्ट फ्राइडे अभी अपने को करना क्या है यहाँ पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है गैप डाउन ओपन होकर वहाँ से ऊपर जाता है उसके बाद में एक रेंज में ट्रेड करता है यहाँ पे एक मोमेंटम आया हुआ था यहाँ पे एक मोमेंटम आया, आया क्या इस मोमेंटम को हम लोग कैच कर सकते थे एक मोमेंटम यहाँ पे आया क्या इस मोमेंटम को भी हम लोग कैच कर सकते थे अभी फ्रेंड्स हम लोग कैच कर सकते थे तो कैसे अगर अपने को थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज है स्पेशली कर्नलिस्टिक पैटर्न फ्रेंड्स थोड़ा भी अगर कर्नलिस्टिक पैटर्न वगैरह जानते हैं बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है अगर थोड़ा भी जानते हैं तो भी फ्रेंड्स मार्केट से इजिली पैसा कमाया जा सकता है सिंपल वे में भी मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स आज बैंक निफ्टी ऑप्शन किया कल स्टॉक का ऑप्शन किया आज कोई मूविंग एवरेज यूज किया कल आरएसआई यूज किया फ्रेंड्स सब कुछ अगर सीखने जाओगे बिलीव में आप कुछ नहीं सीख पाओगे आपको किसी एक चीज को अच्छे से सीखकर कर बार बार प्रैक्टिस करके फ्रेंड्स अपने सेटअप को तैयार कर लेना है आपको देखना पड़ेगा अगर वो सेटअप आपके लिए काम करता है देन फ्रेंड्स कॉन्टिन्यू आपको उसी सेटअप के अकॉर्डिंग देखना अभी यहाँ पे फ्रेंड्स टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस मोमेंटम को कैच किया जा सकता था कैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आंतुओं को यहाँ पर ये एक इंसाइड कैंडल बना अगर आप देखोगे तो ये टू इनसाइड कैंडल था ये ग्रीन कैंडल के अंदर ये दोनों कैंडल था और फ्रेंड्स इनसाइड कैंडल का ब्रेक आउट भी था यहाँ पर डाउन साइड में ब्रेक किया इसने ब्रेक करने के बाद में वहाँ से नीचे आया टेक्निकल के बेस पर पहला रीजन तो ये हो गया जिसमें हम लोग कैच कर सकते थे दूसरा क्या है यहाँ से अगर हम ट्रेन लाइन डालते हैं तो फ्रेंड्स इस ट्रेन लाइन का भी ब्रेक डाउन हो चुका था यहाँ पे कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग भी दिया तब भी फ्रेंड्स इस मोमेंटम को हम लोग कैच कर सकते थे लेकिन ये मोमेंटम सस्टेन करने वाला है क्या ये जो ग्रीन कैंडल बनाया मार्केट यहाँ से रिवर्स तो नहीं कर जाएगा इसके कन्फर्मेशन के लिए फ्रेंड्स एक एडिशनल कन्फर्मेशन आप लोगों को लेना है वो लेना है बैंकों से करना क्या है फ्रेंड्स सबसे पहले तो बैंक निफ्टी के इंडेक्स के चार्ट पे आपको ट्रेड पता चल रहा है कि यहाँ पे ये मोमेंटम डाउन साइड में या अप साइड में हो सकता है यहां से आपने देख लिया ये इनसाइड कैंडल बना हुआ है इस कैंडल के लो के नीचे में सेल कर सकते हैं लेकिन क्या मुझे सेल करना चाहिए वो कन्फर्मेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा बैंक के चार्ट पे अभी यहाँ पे बैंक के चार्ट पे आए उसके पहले एक चीज आप लोग देख लो ये जो कैंडल है जिसने इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक किया है ये कितने बजे का कैंडल है इलेवन का कैंडल 1130 के कैंडल पे बैंक्स क्या कर रहे थे बैंकों को देखने का तरीका क्या है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको करना क्या है बैंकों का फाइव मिनट का चार्ट लगाना है चार्ट लगाने के बाद एक सिंगल इंडिकेटर जो कि है वी वैप वी वैप वेलूमे इस इंडिकेटर को आपको लगा लेना है इस इंडिकेटर को आपने लगा दिया अभी फ्रेंड्स आपने इंडेक्स का चार्ट देख लिया वहां से आपको पता चल रहा है कि यहाँ से हम सेल कर सकते हैं लेकिन क्या मुझे करना चाहिए उसके लिए करना क्या है एच बैंक एंड आई बैंक इन दोनों बैंकों में से मिनिमम एक बैंक वेल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के नीचे होना चाहिए नीचे ट्रेड करना चालू कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग फुट बाइंग करने का प्लान कर रहे हैं इसलिए हमको क्या देखना पड़ेगा क्या बैंक भी डाउन मोमेंटम कंटिन्यू कर रहे हैं वेब के नीचे टेक करना चालू किया है क्या उसमें दोनों में से एच बैंक एंड एक्सिस बैंक में से मिनिमम कोई एक बैंक वेब के नीचे टेक करना चालू कर देना चाहिए मिनिमम कोई एक बैंक अगर दोनों करते हैं सोने पे सुहा आप अपने क्वान्टिटी को थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हो यहाँ पे आप हम लोग इलेवन पे आ जाते हैं ये जो कैंडल है ये इलेवन का कैंडल है ये जो हैमर जैसा दिख रहा है ये 11:30 का कैंडल है फ्रेंड्स ये ऑलरेडी के नीचे आ चुका है। एक कैंडल पहले ही इसने कंफर्मेशन दे दिया था ये वेब के नीचे आ चुका है यहाँ पे वेब के ऊपर गया और वहां से ऑलरेडी वेब के नीचे आ चुका है पहला कंफर्मेशन दोनों में से कोई एक वेब के नीचे ट्रेट करना चाहिए जब हम पुट बाइंग करने का प्लान कर रहे हैं तो दूसरा फ्रेंड्स अभी हम लोग आईसी बैंक को देख लेते हैं यहाँ पे अगर 11:30 का कैंडल देखते हैं तो फ्रेंड्स ये जो ग्रीन कैंडल है ये 11:30 का कैंडल है बट ये भी वेब के नीचे है ये कम्फोर्डेशन जोन में था लेकिन वेब के नीचे टेक कर रहा है दोनों बैंकें जैसा हम लोग चाह रहे थे वैसा ही टेक कर रहे हैं अभी फ्रेंड्स जब ये दोनों हमारे फेवर में हो गए उसके बाद एस बी आई एंड कोटक बैंक इन तीन में से कोई एक बैंक अगर और हमारे फेवर में हो जाता है जो हम सोच रहे हैं वेब नीचे टेट करता है तो फ्रेंड्स इमीडिएट हम, लो हम लोग वहां पे इलेवन थर्टी का कैंडल बहुत परफेक्ट फ्रेंड्स जस्ट ये कैंडल है जिसने वेब के नीचे ट्रेड करना चालू किया इलेवन थर्टी का जो कैंडल है वो वेब के नीचे क्लोजिंग दे दिया अभी फ्रेंड्स जो हमारा कंडीशन था वो बिल्कुल फुलफिल हो गया ये तीन बैंक्स, एच डी एफ सी बैंक आईसीआई बैंक, बैंक में से कोई एक बैंक जिसमें से दोनों अपने फेवर में जो हम लोग चाह रहे थे वेब पे नीचे ट्रेड करना चाहिए ट्रेड कर रहे हैं दोनों कर रहे हैं देन बहुत अच्छा उसके बाद में एक बैंक और एसबीआई बी एक्सेस एंड गोटक में से है, एसबीआई अपने फेवर में मिल गया अभी अगर हम लोग एक्सेस को देखने जाते हैं तो फ्रेंड्स एक्सेस क्या कर रहा है वेब के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये जो रेड कैंडल है ये इलेवन का कैंडल है अभी एक्सेस बैंक वेब के ऊपर ट्रेड कर रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स क्योंकि जो लीडर हैं वो लोग ऑलरेडी हमारे डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड लेने का प्लान कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और जो बैंक निफ्टी का ये जो मोमेंटम है ये इजीली कैच कर सकते हैं अभी फ्रेंड्स पूरा प्रॉपर कन्फर्मेशन मिल गया यहाँ पर हम लोग ट्रेड करेंगे लगभग हंड्रेड पारेंट का मोमेंट बैंक निफ्टी में जो हुआ वो आसानी से हम लोग कैच एक मोमेंटम ये हो गया अब फ्रेंड्स जब इस तरह का मोमेंटम होता है ये एक बड़ी कैंडल बना था दैन प्रीमियम भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है यहाँ पे फ्रेंड्स इसके अलावा अगर और एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए मैं बोलूँगा रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन अगर आपको और एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए कि क्या मुझे ट्रेड लेना चाहिए उसके लिए आप क्या कर सकते हो यहाँ पर जब हम लोग बैंक निफ्टी का ट्रेड का प्लान कर रहे हैं उसमें फोर्टी के आस पास कर रहे हैं अभी हम लोग करेंगे क्या एट द मनी या हंड्रेड पर द मनी ट्रेड करने वाले तो यहाँ पे 43,100 का प्रोट ऑप्शन फोर्टी का प्रोड ऑप्शन जो कि हम लोग ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे ये फोर्टी का चार्ट है यहाँ पे भी क्या करना है अपने को वैल्यूमेटेड एवरेज प्राइस ये इंडिकेटर लगा लेना है सेम 11:30 पे चले जाना है यहाँ पे जब हम लोग 11:30 पे आएंगे ये जो छोटा कैंडल है ये एलेवन का कैंडल है अभी फ्रेंड्स अपने को क्या चाहिए हम लोग फूड बाइंग करने जा रहे हैं यहाँ पे अगर पुट का प्राइस वेल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देता है हम लोग बिल्कुल बाई करेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स बाई किया एक जबरदस्त को कैच कर पाए यहाँ पे ऑप्शन के चार्ट पे आप कोई भी कैटलिस्टिक पैटर्न मत देखिए यहाँ पे सिंपल सा देखिए ऊपर ट्रेड करना चालू कर दिया हम लोग ट्रेड करेंगे मैं बोलता हूँ अगर ये ट्रेड नहीं करता यहाँ पे तो क्या होता फ्रेंड्स अगर इसके नीचे भी रहता ऑप्शन जस्ट क्लोज टू वेलम वेटेड एवरेज प्राइस तो भी हम लोग बिल्कुल ट्रेड करते मेन क्या है अपने को इंडेक्स से कंफर्मेशन मिल गया अपने को बैंक से कंफर्मेशन मिल गया अब ऑप्शन को फ्रेंड्स कंफर्म करना ही पड़ेगा हम लोग ट्रेड जरूर ऑप्शन में करेंगे लेकिन मेन कंफर्मेशन अपना इंडेक्स देने वाला है और उसके बाद में बैंक देने वाला है दो जगह से आपको कन्फर्मेशन मिल गया अब आपको कोई जरूरत नहीं है ऑप्शन चैन को जाके देखने की वहां पर ओपन इंटरेस्ट क्या कर रहा है कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पे जो चार्ट करेगा ओपन इंटरेस्ट में भी वही दिखने वाला है तो आपको एक्स्ट्रा और ज्यादा कंफर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है अभी फ्रेंड्स ये हो गया एक मोमेंटम दूसरा मोमेंटम भी हुआ क्या ये मोमेंटम हम लोग एज कर सकते थे अभी ये जो मोमेंटम था ये पुट का मोमेंटम था ये जो मोमेंटम है ये कॉल के लिए मोमेंटम है अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे ये ग्रीन कैंडल बन गया कंसुलटेशन के बाद में बहुत सारे लोग यहीं पर एंटर कर लिए होंगे कोई बुराई नहीं है फ्रेंड्स अगर आप इंटर कर भी लेते हो कोई गलती नहीं है क्योंकि तो कंसोल्टेशन के बाद में अपसाइड में ब्रेकआउट दिया हुआ है हम लोग बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं इस कैंडल पर भी अगर ट्रेड लेते हैं तो बिल्कुल गलत नहीं है होता क्या है यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता है अभी ये जो नीचे आया ना इसने क्या किया जो वीकहेंड्स होते हैं ना थोड़ा भी लॉस बियर नहीं कर सकते हैं या उनको अपनी स्ट्रेटजी पे नहीं है वो लोग क्या करेंगे यहाँ पे इंटर तो जरूर किया होगा लेकिन इन दोनों कैंडल में किसी कैंडल में भी उन लोगों ने अपने पोजिशन को स्क्वाय कर दिया क्योंकि यहाँ पे बहुत तेजी से मोमेंटम हुआ उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आ गया प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ा होगा और बहुत तेजी से डिक्रीज भी हो गया होगा अभी फ्रेंड्स परफेक्ट रेड कब है यहाँ पे दो हैमर बने हैं यहाँ पे दो हैमर बने अगर आपने यहाँ पे इंटर नहीं किया था यहाँ पे डबल हैमर बने हुए हैं आप इसके ऊपर बिल्कुल इंटर कर सकते हो इसके ऊपर इंटर कर सकते हो जैसे इस हैमर का ब्रेकआउट हो जाएगा ये कंसुलटेशन जोन था इसका ब्रेकआउट होगा हम लोग इंटर कर सकते हैं अभी यहाँ पे जब हम लोग इंटर करेंगे तो क्या बैंक हमारा सपोर्ट कर रहे हैं उसको एक बार चेक कर लेते हैं 12:55 पचपन मीन्स लगभग एक बजे की कैंडल ने ब्रेकआउट दिया हुआ है तो हम लोग 12:55 और एक बजे के कैंडल के बीच में देख लेते हैं ये बारह पचपन का कैंडल है ये जो ग्रीन कैंडल है ये बारह पचपन का कैंडल है इसने वेब के ऊपर ट्रेड करना चालू नहीं किया लेकिन जिस कैंडल पर अपने को ट्रेड लेना था एक बजे के कैंडल पे इंडेक्स में एक बजे के कैंडल ने ही प्रॉपर ब्रेकआउट दिया है इसने क्या किया वैप पे ऊपर ट्रेड करना चालू कर दिया बाद में आगे नीचे क्लोजिंग दिया फ्रेंड्स कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे अपने को बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है इंडेक्स कंफर्मेशन दे रहा है का। उसके बाद में ये भी ऊपर जा रहा है तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है वहीं पे हम लोग आईसीआईसी बैंक को देखेंगे तो फ्रेंड्स आई बैंक ने क्या किया है यहाँ पे कन्फर्मेशन नहीं मिला अपने आई सी बैंक का जो एक बजे का कैंडल है ये भी वेब के नीचे ही ट्रेड कर रहा है बट एच का जो एक बजे का कैंडल है इसने वेब के ऊपर ट्रेड करना चालू किया तो यहाँ पे अपने को दोनों में से कोई एक बैंक चाहिए था एच बैंक मिल गया अब हम लोग क्या करेंगे एसबीआई बी एक्सेस एंड कोटक अगर ये तीन बैंकों में से कोई दो बैंक हमारे सपोर्ट में है हमारे फेवर में है, तो हम ट्रेड लेंगे, लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स एस को देखोगे तो एस बी आई अपने फेवर में है इसका एक बजे का जो कैंडल है ये वह के ऊपर गया हुआ है वहीं पे फ्रेंड्स अगर एक्सेस को देखोगे तो एक्सेस भी अपने फेवर में है इसका भी एक बजे का जो कैंडल है ये वेब के ऊपर ट्रेड करना ऑलरेडी चालू कर अभी फ्रेंड्स जो एक बैंक बचा हुआ है कोटक बैंक उसको भी आप एक बार चेक कर सकते हो अगर वो भी कंफर्मेशन देता है देन बहुत अच्छा है तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये कोटक बैंक है अभी जो कोटक बैंक का एक बजे का कैंडल है फ्रेंड्स ये कैंडल है बारह का ये कैंडल है ये भी वेब पे ऊपर टेल करना चालू कर दिया है तो फ्रेंड्स अपने को प्रॉपर बैंकों से भी कन्फर्मेशन मिल चुका है और इंडेक्स ने क्या किया यहाँ पे बता दिया कि हम लोग इंटर कर सकते हैं टेक्निकल बेस पे क्या फ्रेंड्स यहाँ पे मार्केट नीचे आया नीचे आने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था फिर नीचे आया इस लो को ब्रेक नहीं किया इस लो को ब्रेक नहीं किया यही एक कंफर्मेशन था उसके बाद में यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया जहाँ से एक अच्छा मोमेंटम हुआ था उस लो को भी ब्रेक नहीं किया ये भी एक डबुल कन्फर्मेशन था उसके बाद आप बैंक से भी कन्फर्मेशन ले रहे हैं अभी फ्रेंड्स ऐसे आप अपने यहाँ से, से मार्केट फिर से नीचे आया रीजन क्या है ये सारे का काम कर रहे हैं अभी मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाएगा प्रीवियस डे का ये फ्रेंड्स एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है तो मार्केट से के की जरूरत नहीं है मार्केट में बिल्कुल चुच्चाट होकर बैठना है बैठो जहां पे आपको दिखता है अगर और उसके बाद में ये कन्फर्मेशन लेते हो बैंकों से फ्रेंड्स 80 से 85 फाइव परसेंट एक आपको मिलने ही वाला है आप स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्ट फॉलो करो जैसे यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पे जब हम लोग ट्रेड लेंगे फ्रेंड्स इस कैंडल के हाई के ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस आएगा तो स्टॉप लॉस भी आपको तुरंत फॉलो करना है आप अगर रॉन्ग हो जाते हो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया ये मार्केट ऊपर नहीं गया रिवर्स आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे पोजिशन कट करने की हिम्मत आपको रखना पड़ेगा अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है तो तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये स्ट्रेटजी अच्छे से समझ में आई होगी अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं कुछ माइंड में क्वेश्चंस आते हैं देन फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करूँ इसके अलावा फ्रेंड्स बता दो मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था पेयर का जिसमें मैंने एस लाइफ एंड आइश प्रोडेंशियल लाइफ के पेयर की बात की थी ये पेयर अभी थोड़ा निगेटिव चल रहा है हम लोग इसको बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं जब तक यहाँ पर टी नहीं आता है हम लोग बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स ये थोड़ा सा वोलाटाइल पेयर है और उस वीडियो में भी मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि ये थोड़ा वोलाटाइल पेयर है जब भी हमारे डायरेक्शन में चलता है आप दस हजार के लिए बैठोगे बीस हजार के लिए बैठोगे पचास हजार साठ हजार अस्सी हजार पैसा देने वाला है तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं इस पेयर में दोस्तों जो लोग पेयर ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है अपसा जिनको सूट नहीं करता बहुत ज्यादा शेफ प्ले करना है वो लोग फ्रेंड्स बिल्कुल पेयर ट्रेनिंग को प्रिफर कर सकते हैं यहाँ पे मेरा नंबर है नाइन आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं इधर कॉल कर सकते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए थोड़ा सा भला उनका भी हो जाएगा और आपका एक पुन भगवान के यहाँ दर्ज हो जाएगा तो फ्रेंड्स मैं वीडियो को यही पे करूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग खुश रहिए मुस्कुराते रहिए मब आपकी सेवा करते रहिए जय हिंद जय भारत वंदे मात